हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आलोकन अकेडमी में आपका स्वागत है मैं राजेंद्र प्रसाद आज हम इतिहास का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म तो टॉपिक का नाम है बौद्ध धर्म ठीक है बौद्ध धर्म के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जीवन परिचय देखेंगे जीवन परिचय उसके बाद इनको जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसके बारे में जानेंगे उसके बारे में जानेंगे फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं यानी जगह जगह जाकर के शासकों से मिलते हैं जनता से मिलते हैं तो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसके बारे में जानेंगे ठीक है इसके बाद क्या करेंगे जो बौद्ध दर्शन है उसको समझने का प्रयास करेंगे ठीक है बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं जीवन के बारे में जो इनका नजरिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे ठीक है साथ साथ में जो इनके परम शिष्य हैं, उनको देखेंगे साथ में जो इनके शासकों के साथ में संबंध है या शासक जो इनके शिष्य बनते हैं उनके बारे में जानेंगे ठीक है बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसको देखेंगे और जो इससे जुड़े हुए दार्शनिक हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे ठीक है इसके बाद में जो इनके अलग अलग संप्रदाय बनते हैं यानी बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय बनते हैं उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे और अंत में हम लोग जो इसकी अन्य कोई विशेषता बचती है अन्य विशेषताएं जैसे मान लीजिए कि जो बौद्ध संगीतियां होती हैं उनके बारे में देखेंगे और अंत में जो इसका है उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा कि अलग अलग बिंदुओं के आधार पर हम बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे और एक विस्तृत चर्चा के बाद में हम इन बिंदुओं को अच्छे से समझ सकेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में हमने शुरुआत में देखा था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है कि जो मध्य गंगा की घाटी है या फिर मगध के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग समुदायों का उद्भव होता है और फिर उसके पीछे जो कारण है उनको हमने समझने का प्रयास किया था इन कारणों के अंतर्गत हमने देखा था कि इस समय क्या है कि एक नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का उदय हो रहा है ठीक है और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि पहले से जो चली आ रही व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमने वैदिक काल पढ़ा था तो वैदिक काल में क्या है कि पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो जीवन है वो क्या है पशु चालन वाला जीवन है लोग पशु पालन करते हैं और एक तरीके से उनका जीवन है जो घुमक्कड़ टाइप का है लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि जीवन में थोड़ा स्थायित्व आता है और लोहे की जानकारी होने के कारण जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, उनमें कृषि कार्य होने लगता है लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की अगर हम चर्चा करें तो इस समय क्या होता है कि हमें कृषि कार्यों का विस्तार दिखाई देता है कृषि कार्यों का विस्तार दिखाई देता है और इससे क्या हो रहा है कि कृषि अधिशेष की प्राप्ति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कृषि अधिशेष की प्राप्ति ठीक है और इसी समय हमें एक और चीज दिखाई दे रही है शासक वर्ग का उदय शासक वर्ग का उदय यानी अब क्या हो गया कृषि व्यवस्थित रूप से होने लग जाती है और अधिशेष की प्राप्ति हो रही है तो इससे क्या होगा कि टैक्स जो सिस्टम है उससे मतलब एक व्यवस्थित टैक्स सिस्टम होने से क्या है कि राजाओं को कर व्यवस्थित मिलने लग जाएगा या टाइम से मिलने लग जाएगा अच्छी तरह मिलने लग जाएगा उससे क्या होगा कि ये अपनी एक सेना रखने लग जाएंगे अपनी मंत्रिपरिषद रखने लग जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कृषि का विस्तार हो रहा है कृषि अधिशेष हो रहा है साथ साथ में शासक वर्ग की उत्पत्ति हो रही है और इसी समय क्या हो रहा है नगरीकरण हो रहा है नए नगर नए नए नगरों का उदय हो रहा है हमें यहां पर सिक्कों का प्रचलन दिखाई देता है सिक्कों का प्रचलन दिखाई दे रहा है जिन्हें यहां पर पंच मार्ग सिक्के कहा जाता था तो ये सिक्के इस समय प्रचलित हो जाते हैं साथ साथ में इस समय क्या है व्यापार वाणिज्य का विस्तार दिखाई देता है या व्यापार वाणिज्य है वो फलीभूत होने लग जाता है जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो भी मजबूत दिखाई देता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमें व्यापार के संकेत दिखाई देते हैं तो इस तरीके से देखा जाए तो छठी शताब्दी के आसपास में जो जीवन है उसमें या जीवन की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन दिखाई देने लग जाता है और जो सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पर हमारे को जो सामाजिक दशा है उसमें भी परिवर्तन दिखाई देने दिखाई पड़ता है क्योंकि होता क्या है कि जो वैदिक कालीन समाज है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या है हमें उत्तर वैदिक काल में यज्ञ क्रमकांड बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं और उससे क्या है कि कहीं ना कहीं पशुओं की हानि हो रही है और जो कृषि कार्य हम यहाँ पर देख रहे हैं उनकी हानि होती दिखाई दे रही है तो ऐसे में क्या होगा कि सामाजिक रूप से सामाजिक रूप में भी जो पुरानी परंपरा है या पुरानी व्यवस्था है उसके प्रति रोष दिखाई देता है ठीक है यानी इसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहते हैं और जो जो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है उत्तरवेदी काल में इसमें ज्यादा फायदा मिल रहा है ब्राह्मण वर्ग को और क्षत्रिय वर्ग को नीचे के जो दो वर्ण हैं वैश्य और शूद्र उनको सामाजिक रूप से जो उनको स्थान मिलना चाहिए वो इस समय नहीं मिल रहा है खास करके जो वैश्य वर्ग है वैश्य वर्ग अब क्या है नगरीकरण के दौर के अंदर उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है व्यापार जो बढ़ रहा है तो उनके पास में धना धन दन का आगमन हो रहा है और वो भी समाज में अब क्या है अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहते हैं या कहीं ना कहीं उच्च स्थान प्राप्त करना चाहते हैं दूसरी अगर शूद्रों की बात करें तो शूद्रों के साथ में तो पहले से ही अन्याय हो रहा था उनको समाज में निम्न श्रेणी का समझा जाता था जो ऊपर के तीन वर्ण हैं उनके उनकी मतलब सेवा का कार्य उनके पास में होता था अब व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई दे रहा है या फिर कृषि कार्यों के विस्तार से और व्यापार वाणिज्य बढ़ने से क्या होता है कि शूदरों के हाथ में भी अब कुछ अच्छी चीजें आने लग जाती हैं या उनके पास भी अब दूसरे विकल्प आने लग जाते हैं तो वो भी क्या है समाज में अपना स्थान मतलब उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए या समाज में उनकी दशा सुधारने का प्रयास करते हैं और ऐसे में होता क्या है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में कई धार्मिक या बौद्धिक आंदोलन आते हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जैन और बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की उसको अलग अलग भागों में हमने समझने का प्रयास किया और अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में जो महात्मा बुद्ध ने इसका जो इसके संस्थापक थे तो इनके बारे में अब अलग अलग बिंदुओं के आधार पर बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर देखा जिन परिस्थितियों में या जिन कारणों के पीछे इन धर्मों का उदय होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म और इसका हम परिचय देखते हैं सबसे पहले बौद्ध धर्म इसके अंदर अंतर्गत नंबर एक बिंदु लेते हैं महात्मा बुद्ध और उनका जीवन परिचय ठीक है अगर महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म जन्म के बाद में बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है पांच ईसा पूर्व में ठीक है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है पांच ईसा पूर्व में जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान है इनका लुम्बिनी जन्म स्थान है लुंबिनी और ये लुंबिनी है ये है कपिल वस्तु के पास में कपिल वस्तु नेपाल की तराई में ठीक है तो यहां पर क्या है लुंबिनी नामक जगह के ऊपर गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और अगर इनके बचपन के नाम के बारे में जाना जाए बचपन का नाम तो इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ सॉरी गौतम इनके बचपन का नाम है गौतम ठीक है पिता का नाम इनके पिता का नाम है शुद्धोदन जो कपिल वस्तु के शाक्य कुल के प्रधान थे इनके पिता का नाम है शुद्धोदन और ये कपिल वस्तु में शाक्य कुल के प्रदान थे ठीक है अब अगर माता जो गौतम बुद्ध हैं उनकी माता के बारे में जाना जाए तो इनकी माता का नाम था महामाया माया देवी या महामाया ठीक है इनकी माता का नाम है और पत्नी का नाम था यशोद्रा पत्नी का नाम है यशोद्रा ठीक है पत्नी का नाम है यशोद्रा और इनकी मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए तो की मृत्यु होती है चार तिरासी ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है और ये मृत्यु होती है इनकी कुशीनगर में मल्लों की राजधानी मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है ठीक है तो यहां पर हमने जो इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको समझने का प्रयास किया दोबारा से देखते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसके अंतर्गत हमने देखा महात्मा बुद्ध के बारे में या उनके जीवन परिचय के बारे में जन्म की बात करें तो जन्म इनका होता है पांच ईसा पूर्व में जन्म स्थान है लुम्बनी और ये कपिल वस्तु के अंदर है नेपाल की तराई में बचपन का नाम था गौतम पिता का नाम है सुद्धोधन माता का नाम है महामाया या माया देवी और ये जो माता है इनकी इनके जन्म के सातवें दिन सातवें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है और पत्नी का नाम है यशोदरा ठीक है तो ये था इनके जीवन से जुड़ी हुई या इनका जीवन परिचय ठीक है अब होता क्या है कि एक ब्राह्मण है ब्राह्मण कोणि ये ब्राह्मण है इन्होंने क्या है इन्होंने भविष्यवाणी की कि ये बालक ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर न्यासी ठीक है ये ब्राह्मण है ने नाम के। ये इनके जीवन के बारे में भविष्यवाणी करते हैं कि या तो ये बालक है जो महान शासक बनेगा सम्राट बनेगा या फिर ये क्या है सन्यासी और सन्यासी भी कैसा होगा एक बड़ा सन्यासी जो लोगों के जीवन में बड़े स्तर के ऊपर परिवर्तन लाएगा ठीक है अब क्या होता है कि जो गौ बुद्ध हैं गौतम बुद्ध ये क्या है बचपन से ही चिंतनशील है बचपन से ही चिंतनशील प्रकृति के हैं प्रकृति के हैं और जंबू वृक्ष के नीचे जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे रहते हैं ध्यान मग्न बैठे रहते थे ठीक है चिंतनशील प्रकृति के हैं और पेड़ के नीचे बैठकर के ज्यादातर समय ये चिंतन किया करते थे जीवन के यथार्थ की खोज करने का प्रयास करते थे ठीक है अब क्या होता है कि 16 वर्ष की आयु में सोलह वर्ष की आयु में इनका विवाह इनका विवाह यशोद्रा से होता है यशोद्रा से होता है ये जो यशोद्रा है इनके अलग नाम भी मिलते हैं जैसे कई जगह गोपा है बिंबा है इस तरह इनके अलग नाम भी देखने को मिलता है गोपा बिंबा भद्र ठीक है और इसके बाद में क्या होता है कि जो यशोद्रा हैं इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका नाम है राहुल ठीक है यशोद्रा से इनको राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति होती है अब ऐसे में क्या होता है कि चिंतनशील प्रकृति के व्यक्ति थे तो इनके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे ये जो इनका राजकुमार वाला जीवन था उसको छोड़कर के सन्यास की ओर चले जाते हैं तो चार दृश्य इनके जीवन में क्या है चार दृश्य महत्वपूर्ण हैं जिनके कारण इनका जीवन परिवर्तन हो जाता है चार दृश्य ये चार दृश्यों की अगर बात करें तो ये है एक तो वृद्ध व्यक्ति को देखना वृद्ध व्यक्ति को देखना दूसरा है बीमार व्यक्ति को देखना तीसरा है मृत व्यक्ति को देखना <coughs> मृत व्यक्ति को देखना और अंतिम है चौथा जो दृश्य इनके सामने आता है वो है एक बोध सन्यासी एक जो सन्यासी सॉरी बोध नहीं है एक सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में है उसको देखते हैं तो चौथा दृश्य है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना तो इन दृश्यों से क्या होता है के जीवन में परिवर्तन आता है अब दृश्यों के बारे में अगर बात करें तो वृद्ध व्यक्ति को देखेगा तो क्या होगा हमें दुख होता है। या फिर जीवन है वो दुख में लगने लग जाता है, बीमार को देखते हैं, तो भी पैदा होती है दुख वाली मृत व्यक्ति को देखते हैं तो भी हम दुखी होते हैं और अंतिम जो दृश्य है प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि हमें कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होती है ठीक है और ये जो सन्यासी वाली मुद्रा है ये ही क्या है बुद्ध को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है ठीक है और ऐसे में क्या होता है कि इस प्रसन्न मुद्रा वाले सन्यासी को देख करके इन्होंने क्या किया 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया ठीक है की अवस्था में ये क्या करते हैं संन्यास की ओर निकल जाते हैं और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को नाम दिया गया है महाभिष्क्रमण यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें जो इनके गृह त्याग वाली घटना है उसको नाम दिया गया है महाभि निष्क्रमण ठीक है इसको कई बार एग्जाम में पूछते हैं या तो ट वाला जो प्रश्न होता है उसमें मिलाने के लिए दे देते हैं और या फिर सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है तो वो है ठीक है <स्थाँग> ग्रह त्याग की घटना में दो चीजें और जुड़ी हुई हैं एक तो इनका जो सारथी है सार्थी का नाम है चांद और दूसरा है घोड़ा और घोड़े का नाम है कंथक यानी सारथी चांद और घोड़ा कंथक ये घोड़ा है कंथक इनका नाम भी इसके साथ में जुड़ता है क्योंकि इन्होंने क्या है जब ये राजकुमार थे संन्यास की ओर जा रहे हैं तो सारथी चांद घोड़ा जो कंथक घोड़ा है उस रथ में बिठा करके इनको घर से कुछ दूर छोड़ते हैं ठीक है तो कई बारी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो बुद्ध हैं, उनके घोड़े का नाम क्या था तो घोड़े का नाम है कंथक या सारथी का नाम क्या है तो सारथी का नाम है चाण ठीक है अब यहां से निकलने के बाद राजमहलों से निकलने के बाद बुद्ध हैं वो दूर चले जाते हैं और कुछ समय के लिए एक आम्र उद्यान है आम्र उद्यान अनुपीय नाम से वहां पर रुकते हैं या फिर जो चिंतन है जो इनकी प्रकृति है या यथार्थ के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं उसके बारे में ये सोचने लग जाते हैं फिर यहां से ये जो आम्र उद्यान है यहां से ये क्या करते हैं कि मगध की राजधानी मगध की राजधानी है मगध की राजधानी राजगृह यहां पर जाते हैं ठीक है और इस समय यहां के शासक थे बिंबिसार ठीक है से निकलते हैं कुछ समय एक आम्र उद्यान है वहां पर रुकते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं बुद्ध जो मगध की राजधानी है राजगृह वहां जाते हैं और उस समय वहां के शासक थे बिबिसार वहां पर कुछ मुलाकात करते होंगे और इसके बाद में वो क्या करते हैं वैशाली जाते हैं ठीक है और वैशाली में क्या होता है कि एक व्यक्ति है आलार कलाम आलार कलाम से क्या है बुद्ध की मुलाकात होती है आलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात होती है ठीक है राजगरी के बाद में वैशाली जाते हैं और वैशाली में इनकी मुलाकात हो रही है आलार कलाम की ये जो आलार कलाम है ये क्या है सांख्य दर्शन से जुड़े हुए हैं सांख्य दर्शन के विद्वान हैं जिनसे बुद्ध की मुलाकात हो रही है और वो कहां पर हो रही है वैशाली के अंदर ठीक है फिर राजगृह के आसपास फिर ये जाते हैं और इनकी जो दोबारा मुलाकात होती है राजगृह के अंदर वो है रुद्रक रामपुत्र ये दोबारा राजगृह में जाते हैं और वहां पर रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात होती है ठीक है पहले मुलाकात हो रही है आलार कलाम से जो सांख्य दर्शन के विद्वान हैं उसके बाद में रुद्रक रामपुत्र नामक व्यक्ति से इनकी दोबारा मुलाकात हो रही है और वो जगह है कहां पर राजगृह ठीक है और इसके बाद में ये क्या करते हैं यहां से बोध गया जाते हैं और बोध गया में एक नदी है निरंजना नदी इस नदी के तट पर निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति की तलाश करते हैं ज्ञान प्राप्ति की तलाश करते हैं और यहां पर बोधगया में क्या है इनके साथ में पांच अन्य संयासी भी होते हैं ठीक है बोधगया जाते हैं और बोधगया के अंदर जरा नदी के तट के ऊपर ये ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं और उरु, उरुवेला नाम जगह है ये बोधगया में उरुवेला यहां जाते हैं और वहां पर इनके साथ में पांच सन्यासी और हैं जो ज्ञान की तलाश में हैं लेकिन होता क्या है कि उर्वेला के अंतर्गत एक सेनानी नामक व्यक्ति हैं उनकी पुत्री है सुजाता और सुजाता क्या है कि कोई भोजन सामग्री लाती है और वो भोजन सामग्री बुद्ध ग्रहण कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये जो पांच सन्यासी हैं ये पांच सन्यासी बुद्ध का साथ छोड़कर के ऋषि पतनम चले जाते हैं या सारनाथ चले जाते हैं होता क्या है कि उर्वेला में सुजाता नामक कन्या के हाथों भोज्य सामग्री ग्रहण करने के कारण पांचों सन्यासी करने के कारण पांचों सन्यासी बुद्ध का साथ छोड़कर बुद्ध का साथ छोड़कर ऋषि पतनम या फिर सारनाथ चले गए सारनाथ चले गए ठीक है यहां से बुद्ध गया से या उर्विला से बुद्ध का साथ छोड़ देते हैं और ये लोग क्या कहा चले जाते हैं सारनाथ चले जाते हैं ठीक है अब क्या होता है बुद्ध उर्विला से यहां से उरुविला से अब बुद्ध कहां जाएंगे गया ठीक है गया पहुंचे और गया पहुंचने के बाद में इन्होंने क्या किया कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे, नीचे। समाधि लगाई पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और ध्यान मग्न हो गए और फिर क्या होता है इन्हें आठवें दिन आठवें दिन ज्ञान प्राप्ति हुई ज्ञान प्राप्ति हुई ठीक है गया के पास में ये बोधि वृक्ष के नीचे वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो जाते हैं और इन्हें आठवें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इसको नाम दिया गया बोधी ठीक है जो ज्ञान प्राप्ति हो रही है इसको नाम दिया जाता है बोधी और ये जो दिन है ये है बैसाख पूर्णिमा ठीक है और इसके बाद जो तो गौतम है वो अब क्या कहलाने लग जाएंगे बुद्ध ठीक है अब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है और ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये क्या कहलाएंगे बुद्ध कहला कहलाने लग जाएंगे और ये जो दिन है वो कौन सा है बैसाख पूर्णिमा का दिन तो कई बारी एग्जाम में पूछ लेता है कि बुद्ध को किस दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी तो वो है वैसाख पूर्णिमा ठीक है अब ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनको कई नाम दिए गए जैसे तथागत एक नाम तो इनको तथागत दिया जाता है और तथागत से यहां पर तात्पर्य है कि सत्य है जिसका ज्ञान सत्य है जिसका ज्ञान ठीक है तथागत नाम दिया जाता है और इसका मतलब है सत्य है जिसका ज्ञान और एक और है इनको नाम दिया जाता है वो है साक्य मुनि ठीक है इनको साक्य मुनि भी कहा जाने लगता है ठीक है अब क्या होता है ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया के अंदर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया यहां पर और बोधगया के अंदर क्या है बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के प्रसाद क्या होता है कि दो व्यक्तियों को या वो बंजारा जाति के थे तो दो बंजारों को और उनके नाम है तपस्तु और मलिक तपस्तु और मलिक ठीक है बोधगया के अंदर इन इनकी मुलाकात दो बंजारों से होती है नाम है उनके तपस्तु और मलिक उनको क्या है ये अपना सेवक बना लेते हैं और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में शिक्षा देते हैं ठीक है तो ये थी इनकी जो ज्ञान प्राप्ति है उसके बारे में जो घटनाक्रम है वो है अब क्या होता है कि इनको बुद्ध बुद को ज्ञान प्राप्ति हो गई अब ये क्या करेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे ठीक है तो प्रचार प्रसार के अंतर्गत अगर बात करें तो बुद्ध क्या करेंगे सबसे पहले सारनाथ जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध सारनाथ पहुंचे सारनाथ पहुंचे जहां पहले से ही पांच सन्यासी मौजूद थे, पांच सन्यासी मौजूद थे ठीक है बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या करते हैं ये सारनाथ जाते हैं और सारनाथ पहुंचने के बाद में क्या है कि जो बोधगया में इनसे पहले जो पांच सन्यासियों की मुलाकात हुई थी वही सन्यासी क्या है वहाँ पर इन्हें मौजूद मिलते हैं और इन्हीं सन्यासियों को ये जो सन्यासी हैं पांच सन्यासी इन सन्यासियों को क्या है धर्म का उपदेश देते हैं धर्म का उपदेश देते हैं ठीक है और इस घटना को नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन ठीक है जो घर से निकलने की क्रिया है उसको हमने देखा वो है महावि और यहां पर जो ये धर्म का प्रथम उपदेश दे रहे हैं सारनाथ में इसको नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन तो यहां से हमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं एक तो ये है कि बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां पर दे रहे हैं तो वो जगह है सारनाथ और जो उपदेश देने की घटना है उसको नाम क्या दिया गया धर्मचक्र प्रवर्तन ठीक है आगे क्या होता है कि यहां से सारनाथ से बुद्ध क्या करते हैं वाराणसी जाते हैं ठीक है और वाराणसी के अंतर्गत क्या होता है कि एक यश नामक व्यापारी इनसे मिलता है यश नामक व्यापारी से इनकी मुलाकात होती है और फिर यश क्या करता है अपने पूरे परिवार और लगभग पचास मित्रों के साथ में बुद्ध का शिष्य बन जाता है शिष्य बन जाता है ठीक है यह यश नामक व्यापारी अपने पूरे परिवार लगभग 50 मित्रों के सहयोग से या मित्रों के साथ में बुद्ध का शिष्य बन जाता है और आगे क्या होता है कि जो यश है यश नामक व्यापारी है इसकी पत्नी बुद्ध की उपासिका बन जाती है ठीक है तो इसको क्या है बौद्ध धर्म में प्रथम उपासिका कहा गया है जो ग्रस्त में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करती है उस स्त्री को क्या कहा गया उपासिका तो यहां पर जो यश नामक व्यापारी है इसकी पत्नी क्या करती है बौद्ध धर्म की पहली उपासिका बनती है या बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए बुद्ध की शिष्या बन जाती है ठीक है अब बनारस में हैं और बनारस के बाद में क्या है ये दोबारा से राजग्रह जाते हैं ठीक है और राजगृह में जाकर के क्या है जो शासक है बिंबिसार बिंबिसार से मुलाकात करते हैं बिंबिसार से दे दे दे दे दे दे दे मुलाकात ठीक है बिंबिसार से मुलाकात करते हैं और बिंबिसार क्या है इनको वेणुवन विहार दान में देता है ठीक है वेणुवन विहार नामक जगह इनको दान में देता है जहां ये लोग अपना संघ या जो इनकी धर्म से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो कर सकें और धर्म को आगे बढ़ा सकें ठीक है तो बिंबिसार इनको वेणुवन विहार दान में देता है आगे क्या है राजगृह में इनकी और भी अन्य लोगों से मुलाकात होती है ठीक है राजगृह की अगर बात करें तो यहां पर इनकी मुलाकात सारी पुत्र इनसे होती है मोद गलायन इनसे होती है मुलाकात उपाली और अभय यहीं पर क्या है ऊपाली व अभय इनके शिष्य बने इनके शिष्य बने ठीक है तो यहां हमने क्या देखा कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई है प्राप्ति के बाद में बुद्ध क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं सारनाथ और वहां पर क्या है पहले से ही मौजूद जो उसके पुराने मित्र थे सन्यासी वो वहां पर मौजूद है बुद्ध इन्हीं को प्रथम उपदेश देते हैं और ये घटना क्या कहलाती है धर्मचक्र प्रवर्तन फिर यहां से ये वाराणसी जाते हैं और वाराणसी में यश नामक व्यापारी इनके शिष्य बनते हैं इनके परिवार के अन्य सदस्य भी शिष्य बनते हैं कुछ मित्र भी बनते हैं और इनकी जो पत्नी है वो इनकी प्रथम शिष्या बनती है या उपासिका बनती है ठीक है वाराणसी के बाद में ये क्या करते हैं राजग्रह जाते हैं राजगृह में इनकी मुलाकात होती है बिम्बिसार से और बिंबिसार से मुलाकात के बाद में बिम्बिसार इनको क्या करते हैं वेणुवन विहार है वो दान में देते हैं और यहीं पर सारी पुत्र मोदगलायन ऊपाली और अभय नामक अन्य व्यक्ति भी बुद्ध के शिष्य बनते हैं ठीक है यहां से राजग्रह से अब ये क्या करेंगे कि लुंबनी जाएंगे राजग्रह से ये क्या करते हैं लुंबनी पहुंचे ठीक है लुंबनी जो इनका घर है वहां पर जाते हैं और परिवार के लोगों को शिक्षाएं शिक्षा दी ठीक है जो परिवार के सदस्य हैं उनको बोध धर्म है उसके बारे में शिक्षा देते हैं या उपदेश देते हैं उपदेश देते हैं ठीक है तो राजग्रह के बाद में ये लुम्बिनी जा रहे हैं परिवार के लोगों को उपदेश देते हैं फिर यहां से ये क्या करते हैं दोबारा से राजग्रह चले जाते हैं फिर यहां से राजग्रह आते हैं और यहीं पर क्या होता है श्रावस्ती श्रावस्ती का एक व्यापारी श्रावस्ती का एक व्यापारी इनसे मुलाकात करता है और जो व्यापारी है उसका नाम है सुदात सुदात सुदात नामक व्यापारी या इसको अनाथ पिंडक भी बोला गया है अनाथ पिंडक नामक व्यापारी श्रावस्ती में इनसे मुलाकात करता है और ये बाद में क्या करता है कि पहले तो बुद्ध का शिष्य बनता है और शिष्य बनने के बाद में जेतवन विहार श्रावस्ती में जैतवन विहार बुद्ध को या बौद्ध धर्म के लिए दान में देता है दान में देता है ठीक है तो पहले हमने देखा कि ये राजगृह में जाते हैं तो वहां पर बिंबिसार इनको क्या करता है वेणुवन विहार देता है और यहां पर क्या हो रहा है कि जो श्रावस्ती का व्यापारी है सुदात या अनाथपिंडक, ये इनको जैतवन विहार और ये जैतवन विहार है ये कहां पर है श्रावस्ती में श्रावस्ती में स्थित राजगृह में इनसे मुलाकात करता है और फिर शिष्य बनकर के क्या है श्रावस्ती में इनको जैतवन विहार उपार के अंदर दे देता है श्रावस्ती में क्या होता है कि जो अनाथ पिंडक हैं अनाथ पिंडक इनकी पुत्री विशाखा पुत्री विशाखा ये भी शिष्य बन जाती है ये भी शिष्य बन जाती, ठीक है तो पहले तो अनाथ पिंडक शिष्य बनता है जैतवन विहार देता है और उसके बाद में जो इनकी पुत्री है विशाखा ये भी इनकी शिष्या बन जाती है और बाद में ये क्या करती है विशाखा इसने पुआराम विहार पुआराम विहार दान में दिया दान में दिया ठीक है अनाथ पिंडक की पुत्री है उसने क्या है पुआराम विहार है जो बौद्ध संघ को दान में दिया इसके बाद में क्या होता है कि जो कोसल नरेश है सेन जीत बुद्ध के शिष्य बनते हैं बुद्ध के शिष्य बनते हैं इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि एक तो क्या है कि ये बुद्ध के समकालीन हैं बुद्ध की जो आयु है उसी की आयु के ये हैं तो कई बार पूछ लेता है कि प्रसन्न कौन थे या बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे तो बुद्ध के समकालीन शासकों में प्रसन्न जित भी आते हैं जो क्या है कोसल के राजा हैं ठीक है अब ज्ञान प्राप्ति के जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है उस आठवें वर्ष प्राप्ति के आठवें वर्ष क्या होता है कि जो लिच्छवी हैं वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, बुद्ध को निमंत्रण देते हैं बुद्ध को वैशाली आने का निमंत्रण देते हैं और उनके आदर के अंदर जब वो वैशाली आते हैं तो उसके उनके आदर के लिए क्या करते हैं कि कुटाग्रशाला कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया ठीक है कुटाग्रशाला नामक विहार वो क्या है आदर के स्वरूप कि जो लिच्छवी है वैशाली के लिच्छवी है ये बुद्ध को दान में दे रहे हैं ठीक है और वैशाली में क्या होता है कि जो बुद्ध के शिष्य हैं बुद्ध के शिष्य हैं आनंद इनके कहने पर वैशाली में ही क्या करते हैं कि महिलाओं को महिलाओं को बोध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की शुरुआत करते हैं एक तरीके से या अनुमति देते हैं बोध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने की ग्रहण करने की अनुमति देते हैं और यहां पर बुद्ध और आनंद के बीच में एक संवाद भी होता है इसमें बुद्ध आनंद से कहते हैं कि बुद्ध आनंद अगर महिलाओं को संघ से जोड़ा जाएगा या धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो जो हजार वर्ष हमारा धर्म चलने वाला था वो अब पाँच सौ वर्षों तक ही चलेगा यानी उनको ऐसा आभास हो जाता है कि महिलाओं के संघ में जुड़ने के कारण जो संयासी हैं या बौद्ध भिक्षु हैं उनका अनुशासन भंग हो जाएगा या फिर जो विहार हैं उनकी जो जीवनचर्या है वो प्रभावित होगी और उससे क्या है जो धर्म है या फिर बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाएंगे और जो धर्म की आयु है वो कम हो जाएगी ठीक है तो सबसे पहले क्या होता है वैशाली में ही संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी जाती है तो यहां पर हमने देखा कि जो कौशल नरेश हैं, वो बुद्ध के अनुयाई बन जाते हैं ठीक है ये बुद्ध के अनुयाई बन जाते हैं फिर आठवें वर्ष में क्या होता है ज्ञान प्राप्ति के आठवें वर्ष में वैशाली के जो लिच्छवी हैं, वो बुद्ध को निमंत्रण देते हैं वैशाली आने का और उनके आदर में कुटागर शाला नामक विहार उनको दान में देते हैं और यहीं पर वैशाली में होता क्या है कि परम शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में शामिल करने की छूट दी जाती है या अनुमति दी गई बुद्ध के द्वारा तो कई बारी एग्जाम में पूछ लेता है कि बुद्ध ने महिलाओं को संघ में ए, शिक्षा ग्रहण करने की या संघ में आने की जो अनुमति दी थी वो कहाँ पर दी थी तो वो है वैशाली ठीक है आगे अगर बात करें तो बुद्ध की जो पत्नी है यशोदरा बुद्ध की पत्नी यशोदरा ने भी बौद्ध्रम ग्रहण किया ने भी बौद्ध्रम ग्रहण किया बुद्ध की पत्नी भी क्या करती है बौद्ध धर्म ग्रहण करती है और वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु या इसको हम गणिका भी कह सकते हैं आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध गणिका या नगर वधु है वो भी क्या है बुद्ध की शिष्या बन जाती है ठीक है अब इसके बाद में क्या होता है कि जो कौशाम्बी के शासक हैं कोशाम्बी के शासक उद्यन कोसाम्बी के शासक हैं उद्यन ये बोध भिक्षु हैं पिंडोला ऋषि बौद्ध भिक्षु पिंडोला इनके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं और गोसित राम ये क्या करते हैं उद्यन गोसित राम विहार दान में देते हैं दान में देते हैं तो यहां पर हमने क्या देखा कि वैशाली की जो प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली शिष्या बन जाती है दूसरी तरफ क्या है कि कोशाम्बी का जो शासक है उद्यन ये भी पिंडोला ऋषि के प्रभाव आकर के शिष्य बन जाता है और उद्यन क्या करता है बौद्ध धर्म को घोषिता राम नामक विहार दान में देता है ठीक है और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष 20वें वर्ष बुद्ध हैं वो जाते हैं श्रावस्ती ठीक है ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में बुद्ध क्या है श्रावस्ती पूछे और यहां पर क्या है कि एक अंगुली माल नामक डाकू था उसको अपना शिष्य बनाते हैं ठीक है 20वें वर्ष में श्रावस्ती पहुंचते हैं और श्रावस्ती में एक अंगुली माल नाम के प्रसिद्ध डाकू थे उनको क्या है अपना शिष्य बनाते हैं और ये जो श्रावस्ती है यहीं पर सबसे ज्यादा बुद्ध उपदेश देते हैं या ऐसे करते हैं कि सबसे ज्यादा समय तक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है वो काप्र होता है श्रावस्ती के अंदर और सबसे अधिक जो शिष्य हैं वो भी कौशल राज्य में ही होते हैं और यहीं पर बुद्ध क्या है अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और जीवन के अंतिम वर्षों में क्या होता है जीवन के अंतिम वर्षों में बुद्ध क्या करते हैं कि एक चुंद नामक लोहार है उसके घर पहुंचते हैं चौंद नमक लोहार या सुनार के घर पहुंचे और यहां सुकर माधव नमक भोजन करने से उनकी तबियत बिगड़ गई बिगड़ गई ठीक है चुंद नामक लोहार के घर पहुंचते हैं और सुकर माधव नामक भोज्य सामग्री ग्रहण करने से इनको क्या है अतिशार नामक बीमारी हो जाती है फिर ये क्या करते हैं ये अभी तो हैं पावा के अंदर और फिर यहां से क्या है ये कुशीनगर चले जाएंगे ठीक है अभी चुंद नामक लोहार है इस पावा में तो अभी रुके हुए हैं ये पावा में और वहां से ये क्या करेंगे कि कुशीनगर चले जाएंगे और यहीं पर कुशीनगर में क्या है सुभद्र नाम के व्यक्ति को नामक व्यक्ति को अंतिम उपदेश देते हैं अंतिम उपदेश देते हैं ठीक है और इस अंतिम उपदेश के अंतर्गत बुद्ध कहते हैं कि सभी सांगातिक या जो सांसारिक वस्तुएं हैं यह विनाशील हैं या इनका विनाश होना है और अपनी मुक्ति के लिए प्रयास या अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो कहने का मतलब यह है कि वो यहां पर कुशीनगर में रुकते हैं और यहीं पर क्या है इनका निर्वाण होता है या इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और इसको बोला गया है महा परिनिर्वाण और जो अंतिम उपदेश देते हैं उसके अंतर्गत ये कहते हैं कि सभी सांसारिक वस्तुएं हैं ये विनाशशील हैं और अपनी मृत्यु का सॉरी अपनी मुक्ति का उत्साहपूर्वक प्रयास करो ठीक है तो इस तरीके से जो इनका प्रसार प्रसार का यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद में ये जो जगह जगह जाकर के ज्ञान का प्रसार करते हैं या बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं उसको हमने बारी बारी से जहां जहां ये रुकते हैं जिन जिन लोगों से मिलते हैं जिन विहारों को इनको दान में दिया था उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा और अंत में क्या होता है कि इनकी मृत्यु के बाद में होता यह है कि इनके जो शरीर का अवशेष है शरीर का अवशेष है उसको आठ भागों में बांटा जाता है आठ भागों में बांटा जाता है और जिन शासकों के यहां या जिन जिन राज्यों में यह अवशेष जाते हैं उनकी अगर बात करें तो मगध नरेश आजाद शत्रु नंबर एक हैं कपिल वस्तु के से इनके पास में जाता है वो अवशेष वैशाली के लिच्छवी और वेद द्वीप के ब्राह्मण आलकप के बुली पावा के मल पीपलीवन के मौर्य और रामग्राम के कोलिए इन सबके पास में क्या है बुद्ध के अवशेषों को बांटा जाता है या आठ जगह बुद्ध के अवशेषों को बांटा जाता है और फिर उनके ऊपर स्तूप बनाकर के उनको आगे धार्मिक क्रियाओं के रूप में प्रयोग में लिया जाता है तो यहां पर हमने देखा बुद्ध के जीवन के परिचय के बारे में उनकी ज्ञान प्राप्ति का जो घटनाक्रम है उसको समझा और फिर ये जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसके बारे में हमने देखा और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे बुद्ध या बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे धन्यवाद शुक्रिया